चांद भी देखा फूल भी देखा, बादल बिजली तितली चुगन कोई नहीं है सा तेरा हुस्न है जैसा तेरा हुस्न है जैसा मेरी निगाह ने एक ऐसा खाब देखा है जमीन पे चलता हुआ महताब देखा है मेरी आँखों ने चुना है तुझको दुनिया देख कर मेरी आँखों ने कुना है तुझको दुनिया देख कर किसका चेहरा किसका चेहरा अब मैं देखूं तेरा चेहरा देख कर मेरी आ चुना है तुझको दुनिया देख कर नींद भी देखी भी देखा भी देखी खाब भी देखा चूड़ी बिंदिया दरपन खुशबू कोई नहीं है सा तेरा प्यार है जैसा खा तेरा प्यार है जैसा मेरी आख ने चुना है तुझको दुनिया देख तुझको दुनिया देख किस चेहरा? किसका चेहरा अब मैं देखू तेरा चेहरा देख कर मेरिया भूल चुना है कुछ दुनिया देख कर रंग भी देखा रूप भी देखा रंग भी देखा भी देखा रास्ता मंजिल साहिल महफिल कोई नहीं है साथ। तेरा साथ है जैसा हाँ तेरा साथ है जैसा मेरी याद होने चुना है तुझको दुनिया देख कर मेरिया खून चुना है तुझको दुनिया देख कर किसका चेहरा किसका चेहरा अब तो मैं देखू चेहरा देख कर मेरी आँखों चुना है दुनिया देख कर बहुत खूबसूरत है आंखें तुम्हारी बना दीजिए इनको किस्मत हमारी उसे और क्या चाहिए जिंदगी में से मिल गई है वहात तुम्हारी